मम्मी यार कभी कह नहीं पाए तुमसे कि बहुत प्यार करते हैं कभी मौका ही नहीं लगा ऐसा तुम सुबह खाना बनाती थी हमें डांटती थी टोकती थी तुम्हारी गोद में हमें आराम मिलता था लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी कभी जताने की कि हां मां बहुत मोहब्बत है तुमसे आज जब घर से दूर हैं इस शहर में तुम्हारी याद आती है तब भी हिम्मत नहीं होती फोन पर यह कहने की कि मां बहुत प्यार है तुमसे मुझे लगता है दुनिया में माँ बेटे का रिश्ता अकेला ऐसा रिश्ता है जिसमें दिखावे की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती क्यों मम्मी क्या कहती हूँ